प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा दालोद मंडल ने स्वच्छता अभियान चलाया। ये स्वच्छता अभियान भाजपा किसान मोर्चा दालोद मंडल अध्यक्ष भवानी प्रताप सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में चलाया गया इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म के अवसर पर चलाए जा रहे पखवाड़े के तहत भाजपा किसान मोर्चा दालोद मंडल अध्यक्ष भवानी प्रताप सिंह सिसोदिया ने स्वच्छता अभियान चलाया दालोद बीजेपी किसान मोर्चा ने जगह जगह सफाई की लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया किसान मोर्चा का यह दो दिवसीय स्वच्छता अभियान था आयोजन में ग्राम कटलार में विद्यालय परिसर और गरोड़ा में सरोवर की सफाई की गई इस मौके पर गांव के सरपंच सहित बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे